तो so, हेलो दोस्तों इस वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप टू सो डी पे आपको मैं थंबनेल दिखा देता हूँ ये देखिए तो अभी चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन गाइस प्लीज आप गेम प्ले देखना और फिर सोचना कि क्या इन्हें डाउनलोड करना है उनकी एम बी वगैरह नहीं बताओ लेकिन ये ध्यान रखेगी ऑनलाइन गेम लेकिन वो आपका नहीं खाएंगे तो आप करते mm -hmm. so ये तो अपना इसका नाम है मॉन्स एवं तो so अगर आपको इस गेम को डाउनलोड करो मैं ये नहीं खेला okay, अभी डाउनलोड कीजिए पहले इसका गेम प्ले देख लीजिए फिर डाउनलोड करना अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों गेम्स की सो मतलब एक लिंक नहीं है दो दोनों लिंक है लेकिन वो एक ही है सॉरी एक गेम ही लिंक है बस एक है मॉन्स एटीन मॉन्स एटीन की और दूसरी वाली अभी जो हम खेलने वाले हैं उसकी सब जिस जगह पे जहाँ पर हम आए हैं ना वहाँ पे हमें सारी जगह पर फैट एग पकवान चार मंडल मिलेंगे मतलब ये नहीं कि चार मंडल मिलेंगे फिर सारे पक कभी सारे फैट एग पकवान मिले तक सिर्फ चार मंडल में है और चाहे देख लेते हो वो निक फील हो तो मैं तो ये नहीं पता हूँ कि आप मैंने कैसे किया पर आप खुद ही से ढूँढ लीजिएगा सो तो आप जरूर देख रहे और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सब्सक्राइब करिए नहीं तो अगली वीडियो तो इतनी जल्दी नहीं आने वाली ये हैंग हो गया था सॉरी ओके अब और भाई जिन लोग वाले दिख रहे हैं ना आपको वो इस गेम के अंदर की ही ट्रेलर से मतलब कि वो हम इनके साथ बैटल नहीं कर सकते मतलब बैटल तो कर सकते लेकिन वो हिल नहीं सकते कहीं ज़्यादा पर जो अपने ग्रीन कलर के नेम का दिख आपको तो वो है असली ट्रेनर जो कि इधर उधर जा सकते हैं आपने और एक को देखा होगा वो माउंट भी कर रहा है देख यहाँ पे था वो इधर गया नहीं पता लेकिन गाइक डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उससे देख लीजिएगा आप दूसरी गेम जो है वो है पोकेमान गो हाँ गाइस पोकेमॉन गो ये तो हर कोई जानता है तो चले पोकेमोन गो का भी स्टार्ट करते हैं पोकेमोन गोहो का भी लिंक है नीचे दूसरे नंबर पे यहाँ पे डाउनलोड लिंक खेके आएगा और फिर दूसरे नंबर पर पॉकेमोन गोह का आएगा गेम भी डाउनलोड कीजिएगा आप और अभी आप भी यहाँ पे देख सकते हैं मैं भी आपको गेम प्ले दिखाने जा रहा हूँ सबसे पहले तो आप ये प्रोफेसर बिलो है जिसके साथ आपको बातें करनी है थोड़ी बहुत ही और गाइस गेम प्ले भी देख लीजिएगा मुझे बार बार बताने मत दीजिए वैसे भी ये टॉप टू गेम्स में ये दूसरी गेम है और अभी यहाँ पे अवतार चूज़ कर रहा हूँ मैं ओके गाइस पिछले वाले तो मैंने कोई और स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ किया था लेकिन इसमें इनविजिबल स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ तो गाइज देख लीजिए पे हमारा लगभग यूज हो ही है तो अब यहाँ पे हाँ है, है। हाँ, यही ठीक लगते हो मुझे पे हेट अभी कोट ओके ओके ये ठीक है मेरे लिए मेरे हिसाब से ओके सो अभी कहा कि ये भी ठीक ही है ओके okay, सो so, अब देख लीजिएगा इस बैग ही बजा से और फिर हम हो जाएंगे तैयार तो so, भाई ये हो गया हमारा पूरा सेटअप तो so, अभी हम यहाँ पे पकड़ेंगे अपने साथियों को मौत so, हो सो जल्दी से करते प्रोफेसर बेडकोस की और भाई मैंने देख कर लिया और मैं सुनने वाला हूँ चार मिनट रखो चार मिनट तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बलबा सा चार मिंडल तो हम चार विंडर को ही ढूंढते हैं ओके तो अभी यहाँ पे हम एआर को चालू करते या नहीं करे चलो तो जो भी हो जो भी हो जो भी हो जो भी हो ना ठीक है मैं तो करना चाहूँगा पर नहीं भी कर सकता कुछ भी कर सकता हूँ मेरे मन तो है यहाँ पे आपको पूछता है कि आपको ए चालू रखना है या नहीं तो अभी आपको यस बोलना है तो so, गाई ये देखिए ए आर चालू है अपना नहीं सर बंद है ओके okay, आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं बस वो ओके बाद आपको पोके पे पर फेंकना होता है तो गाय लियो आ गया हमारे यहाँ पे एक डॉग है लियो तो बस वो चला गया गाय यहाँ पे नीचे जो आया है उस दीजिए सो okay, so, तो तो लग लग नहीं रहा और ये लग गया नाइस वाह देखते हैं पकड़ पकड़ पाते नहीं। नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। हमने उसे पकड़ लिया अब मेरा हुआ गो का गेम प्ले बस इतना सा सो वोन को भी इसलिए आप वो मोन गेम प्ले देख रहे हो देख सकते तो मिलो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप ने इस वीडियो को लाइक दीजिए तो लाइक कीजिए शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए टाटा